छुप छुप के में अश के बहाता हूँ छुप छुप के में अश के बहाता जब जब याद मदीना आता, आता है छुप छुप के में अश के पहाता जब जब याद मदीना आता छुप, छुप छुप के मैं आश्क बता हूँ छुप, छुप छुप के मैं आश्क बता हूँ जब याद मदीना आता है जब याद मदीना आता, आता, आता है मैं पागल सा मैं, मैं पागल सा हो जाता जब याद, याद मदीना आता, पा आता है मैं पागल सा हो जाता जब याद मदीना आता है मैं पागल सा हो जाता मदीना मदीना आता है ना अपना पता ना अपनी खबर ना घर घर पता ना की खबर ना अपना पता ना अपनी खबर ना घर का पता ना घर की खबर ना घर का पता ना घर की खबर मैं जाने कहाँ खो जाता हूँ मैं जाने कहाँ खो जाता हूँ जब याद मदीना आता है मैं पागल सा हो जाता हूँ जब याद मदीना है मैं पागल सा हो जाता हूँ जब दी नाना नदीना आता है आराम उसी से निता है और चैन उसी से निता है आराम मैं, मैं नातन भी किसनाता मैं नातन बी किसनाता हूँ कि जब जब याद मदीना आता है मैं पागल सा हो जाता हूँ जब जब याद मदीना आता है मैं पागल सा हो जाता जब जब यार आता है, सरकार समझते हैं सब कुछ सरकार समझते हैं सब कुछ रात को उठकर कर पिछल पह मै रात को उठकर कर पिछल पह।, उठ पह कैसे दिल को समझाता हूँ कैसे दिल को समझाता हूँ जब याद मदीना आता है मैं पागल जब जात्म दीना आता है मैं पागल सा हो जाता हूं। जब याद मदीना आता है मत कर किसी पर ये साहिब बात है मत कर तू किसी, किसी पर ये साहिर मत कर तू किसी पर ये की ये की बातें हैं ताहिर ये राश की बातें हैं ताहिर अरे कैसे दिल को समझाता कैसे को समझाता जब जब याद मदीना आता है छुप छुप छुप के मैं कश बहाता जब जब याद मदीना आता है मैं पागल सा हो जाता हूँ। मैं पागल सा हो जाता हूँ। जब याद ना आता है चुप चुप चुक्षु। में में खास आज, फुलवार महल मस्जिद फुटवार महिला मोहम्मद शमशाद आपकी